में आख्याख आख गल लूट लिया दुनिया कमीणी रे सोचा ना रो रो पड़ेगी जिंदगी जीनी रे ओ सोचा नहीं था पड़ेगी नू जिंदगी जीनी रही दिवदास बनया छोरा ना करती रहे दिल नया नया ओ दिल नया नया